जैसा कि आप सभी ने वीडियो का टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि छात्रावास अधीक्षक एडियो और सब इंस्पेक्टर यानी कि तीनों ही परीक्षाओं के लिए आगामी परीक्षाओं के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर तीन महीनों का बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही है जो लोग तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करके रख लीजिएगा साथ ही बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा एक नए समय पर रात आठ बजे और सुबह नौ बजे छात्रावास अधीक्षक सब इंस्पेक्टर एडी यानी कि तीनों ही क्लासेज के नए समय पर प्रारंभ होने जा रही है ठीक है जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही है बिल्कुल निःशुल्क आप सभी को बिल्कुल पैसा पैसा नहीं लिया जाएगा ठीक है यानी कि इस वीडियो पर कम से कम दस हज़ार लाइक आना चाहिए और दस हज़ार व्यूज़ आना चाहिए ठीक है मैं आप सभी को बिल्कुल फ्री क्लासेस कराऊंगा बिल्कुल पैसा नहीं लूँगा तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा धन्यवाद जैसा कि आप सभी ने वीडियो का टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि